सभी सम्मानित दर्शकों नमस्कार आज आप सभी के समक्ष आप लोगों को ही आप लोगों के ही अनुरोध पर एक ऐसा विषय जिसकी आप सभी लोग बहुत दिन से डिमांड कर रहे थे कि पंडित जी एकादशी आने वाली है और इस माह तो 29 जून को योगिनी एकादशी आ रही है इस पर आप एक वीडियो बनाइए व्रत की विधि क्या है आखिर में इस व्रत से लाभ क्या मिलेगा और इस व्रत की कोई कथा भी हो तो आप बता दीजिए तो इन सभी को लेकर के आज हम आपके समझ छाए हैं कुछ सावधानियाँ आपको बताएंगे। उसको आप लोग नियमसा पालन करिएगा और चूँकि एकादशी भगवान विष्णु को बड़ी प्रिय है साल में 24 ट्वेंटी एकादशी पड़ती है और सभी एकादशियों में योगनी एकादशी का अपना एक विशेष स्थान है पहली बात दर्शकों हम बताना चाहेंगे सभी लोग पूछते हैं कि पारण का मुहूर्त क्या है देखिए 29 तारीख को तो एकादशी है आप लोगों को रहना ही है लेकिन 30 जून को सुबह पाँच बजकर छब्बीस मिनट से आठ बजकर तेरह मिनट तक कुल 2 घंटे सैंतालीस मिनट तक का जो ये मुहूर्त रहेगा ये पारण का मुहूर्त रहेगा एक बात और बताना चाहेंगे कि एकादशी स्टार्ट होने के एक दिन पूर्व अर्थात अट्ठाईस तारीख से ही आप लोग सतोगुड़ का पालन करिएगा किसी भी प्रकार के लहसुन प्याज का सेवन आपको नहीं करना है इवेन आपको गेहूँ हो गया चावल हो गया Uh, क्या कहते हैं दाल हो गया इन सब चीज़ों से बच कर के रहना रहेगा और ख़ास करके मसूर तो बिल्कुल भी आपको नहीं छूना है और एक चीज़ बता दें कि योगिनी एकादशी का यदि आप नियम से यम नियम से पालन करते हैं व्रत करते हैं तो आपके सभी प्रकार नष्ट सभी प्रकार के जो पाप है ये नष्ट हो जाते हैं एक चीज़ और बता दें यहाँ तक कि हमारे पुराणों में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति पीपल के वृक्ष को काट जो है मतलब काटता है तो बहुत बड़ा पाप का भागी होता है तो इस व्रत को करने से पीपल के वृक्ष को काटने जैसे पाप तक से मुक्ति आप लोगों को मिल सकती है इस व्रत के प्रभाव से यदि आपको किसी ने श्राप दिया है किसी संत महात्मा ने आपको कुछ कह दिया है श्राप दिया है इस श्राप का भी निवारण ये एकादशी कर देती है ये एकादशी देह की समस्त आदि व्याधियों को नष्ट करके सुंदर रूपवान गुणवान और यश देने के समान पूर्ण फलदायी होती है तो दर्शकों बिल्कुल ध्यान से हमारी बातों को सुनिएगा सबसे पहले तो नियम हम बताना चाहेंगे कि इसके नियम एक दिन पूर्व ही शुरू हो जाते हैं 28 तारीख दसवीं तिथि लग जाएगी तो रात्र में ही आपको जव का और गेहूं का मूंग की दाल से बना हुआ भोजन बिल्कुल भी नहीं ग्रहण करना है इसके साथ साथ मसूर को भी आप इसमें शामिल कर लीजिएगा जव गेहूँ मूँग की दाल और मसूर इन चीज़ों का आपको भोजन नहीं करना है लहसुन प्याज गाजर का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है और कोशिश कीजिएगा कि व्रत वाले दिन अर्थात 29 तारीख को किसी भी प्रकार का नमक तमाम हमारे दर्शक हैं बोलते हैं पंडित जी काला नमक सेला नमक साहब आप लोगों के ब्लड में नमक का कोई भी जो है कर नहीं जाना चाहिए नमक की मात्रा नहीं घुलनी चाहिए रक्त में यदि संभव हो तो 28 की रात्रि में ही नमक मत खाइएगा तो बहुत अच्छा रहेगा तो नमक युक्त तो भोजन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए दसवीं तिथि की रात्रि में भी नमक का सेवन नहीं करना चाहिए कुछ लोग होते हैं कि दसवीं तिथि की रात में भरपेट भोजन कर लें उसके बाद जो है पानी पी लें फिर एकादशी को हम व्रत इस तरीके से नहीं रहा जाता है व्रत रहने का मतलब है कि आपको अपने भावनाओं पर कंट्रोल होना चाहिए आपको अपने जो है क्या कहते हैं आत्मसंयम होना चाहिए व्रत मतलब क्या होता है अपने आप को जो है ए, क्या कहते हैं मॉडिफाई करना अपने इंद्रियों को वश में रखना इसी को व्रत कहते हैं तो एकादशी तिथि के दिन प्रातःकाल स्नान आदि से आप लोग निवृत्त हो जाइएगा व्रत का संकल्प कर लीजिएगा किसी पंडित को ब्राह्मण को बुला करके संकल्प वगैरह आप लोग कर सकते हैं नहीं अगर वो सामर्थ है तो हमारे फेसबुक पेज पे संकल्प की भी विधि है अष्ट्रोविदासी इस पे आप लोग वो कर सकते हैं इसके बाद कलश की स्थापना की जाती है कलश के ऊपर भगवान विष्णु की फोटो रखिएगा प्रतिमा रख सकते हैं छोटी होगी कोई छोटी मूर्ति होगी वो रख सकते हैं और व्रत की रात्रि में कोशिश कीजिएगा कि भगवान का भजन कीर्तन आप लोग करिएगा यह व्रत जो रहेगा दसवीं तिथि की रात्रि से शुरू होकर द्वादशी तिथि के प्रातः काल में दान करने के बाद समाप्त होती है अब दान आपको क्या करना रहेगा तो दान में कई चीजें आती हैं क्योंकि इस समय बड़ा गर्मी का मौसम चल रहा है तो किसी ब्राह्मण को आप छाते का दान कर सकते हैं इसके साथ साथ आप लोग फल वगैरह का भी दान कर सकते हैं दक्षिणा वगैरह भी कुछ दे सकते हैं और ब्राह्मण को जो आप दान देंगे तो दान का वो ब्राह्मण प्रयोग करे अगर आप कोई कॉपी किताब पेन पेंसिल भी देते हैं तो कोशिश कीजिए कि वो ब्राह्मण जो है उस चीज़ का जरूरतमंद हो उसका प्रयोग करे तब आपके जो दोष हैं वो समाप्त होंगे और एक चीज़ बता दें कि सभी प्रकार की यदि मनोकामनाओं की आप सिद्धि चाहते हैं सोचते हैं कि आपका जीवन समृद्धिदायक हो आनंददायक हो तो ये व्रत उठा लीजिएगा एक बात और बताना चाहेंगे योगनी एकादशी का जो व्रत होता है ब्राह्मणों को आप लोग भोजन जरूर कराइएगा कहा जाता है कि इस व्रत को यदि आप करते हैं हमारा शास्त्र देखिए कह रहा है और शास्त्र की बात कभी गलत नहीं होती है कि अट्ठासी ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पूर्ण योगनी एकादशी ब्रत रहने से होता है अब आप सोच लीजिए एट्टी एट थाउजेंड आप लोग द्विज को जो है द्विज मतलब होता है ब्राह्मण तो द्विज को यदि आप भोजन व्रत रह ले रहे हैं तो अट्ठासी हजार समझ लीजिए आपने ब्राह्मणों को भोजन करा करके पुण्य के भागी तो आप वही बन गए अब एक छोटी सी कथा आती है योगनी एकादशी के जो है लेकिन इससे पहले बताना चाहेंगे योगनी एकादशी के दिन देवरहवा बाबा का आप लोगों ने नाम सुना होगा चूँकि जन्मभूमि हमारी जो है देवरिया जिला है तो हम लोग भली भांति परिचित हैं और गए भी हैं उनके जो है तपोस्थली और काफ़ी सिद्ध महात्मा सिद्ध पुरुष तो आप लोग गूगल कर लीजिएगा आप लोगों को पता चल जाएगा तो देवरोवा बाबा ने अपने देह का त्याग योगनी एकादशी के दिन यमुना में किया था अब सोच लीजिए तो व्रत की कथा पर आ जाते हैं छोटी सी कथा है तमाम लोग कहते हैं इस व्रत की कथा क्या है तो आपको बता देते हैं कि प्राचीन काल में अलकापुरी नाम की एक नगरी थी और यहाँ के जो राजा थे ये कुबेर थे और उनका एक माली रहता था जिसका नाम था हेम तो हेम नाम का मालिक रहता था उसका कार्य माली का काम क्या होता है रोजाना फूल को ले जाना बिल्वपत्र ले जाता था फूल ले जाता था मदार का फूल ले जाता था शमीपत्र ले जाता था और कुबेर देव जो थे राजा कुबेर थे ये पूजा करते थे भगवान शिव की प्रतिदिन ये जो है मतलब होता था प्रतिदिन जो है ले करके ये आते थे हम और प्रतिदिन जो है राजा पूजा करते थे एक दिन किसी कारणवश गलती हो गई थोड़ा लेट ये हो गए अब उनकी पूजा का समय निकल गया देखिए पूजा पाठ का भी अपना एक समय होता है तो जब विलम्ब से ये दरबार में पहुँचे तो कुबेर ने इनको श्राप दे दिया कि आप कोढ़ी हो जाओगे अब भाई जब इनको श्राप दे दिया और राजा का श्राप श्राप लग गया क्योंकि जो पहले का युग रहता था यहाँ पर यदि अपने तपोबल से कोई श्राप दे देता था, था तो तुरंत लग जाता था तो अब श्राप इनको जब लग गया तो श्राप के प्रभाव से अब मन में बड़ी चिंता इनको हो गई हेम को तो इधर उधर जो है ये अपना चलने लगे पता करने लगे कैसे क्या हो तो घूमते टहलते मारकंडे ऋषि के आश्रम में जा पहुँचे वही मारकंडे ऋषि जिनकी मात्र आठ वर्ष की आयु थी लेकिन अपने पूजा पाठ और अपने भक्ति के दम पर एक हजार वर्षो की आयु मार्कंडेय ऋषि सॉरी वर्षों की आयु मार्कंडेय ऋषि ने पूर्ण की थी तो ये मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचे थे इसीलिए हम आप लोगों से कहते हैं कि अभिवादन सीलस्य से नित्यम वृद्धो पसे बिना चतर आयुर्विद्या यशो आयुर्विद्या यश और बल ये सब की प्राप्ति होती है केवल पैर छूने से तो अब ऋषि ने जो है अपने तपोबल से पता कर लिया तो मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि आप योगनी एकादशी का व्रत करके नियम पूर्वक और इस एकादशी के व्रत से ये जो आपका कोड़ है ये समाप्त हो जाएगा और पूर्ण फल की और मोक्ष की आपको प्राप्ति होगी और हुआ भी ऐसा हेम ने नियम पूर्वक व्रत किया भगवान विष्णु का ध्यान किया और इस रोग से निृत्त हुई और फिर उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई एकादशी का व्रत जो लोग रहते हैं ना नर्क और स्वर्ग ये दो आप लोगों ने सुना होगा एक इनसे ऊपर भी स्थान है जिसको बैकुंठ बोलते हैं और ये नर्क स्वर्ग वालों को तो आते हैं कि जो है यमराज आएंगे ले जाने लेकिन जो बैकुंठ जाता है ना तो भगवान अपने दूत भेजते हैं लाने के लिए तो नियम पूर्वक आप लोग इस व्रत को करिएगा जिन चीज़ों का हमने बताया है इस चीज़ों का आपको ध्यान रखना है मन में कोई लोभ मत रखिएगा किसी के प्रति द्वेष भाव मत रखिएगा ये व्रत में आपको करना रहेगा हमने आपको पूरी जो है विधि बता दी है उम्मीद करते हैं हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा यदि हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बगल में बना बेलाइकन दबा सकते हैं हमारे इस वीडियो को लाइक करिए और ये जो भगवान विष्णु की कथा हमने आपको बताई है ये जो हमने आपको वीडियो बताया इसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जितने ग्रुप हैं तमाम शेयर करिए देखिए हम अपने लिए नहीं कह रहे हैं ये भगवान विष्णु की जो महिमा है ये कई लोगों तक पहुंचेगी उनको भी तो पता चले कि हमारा धर्म सनातन धर्म कितना पुराना है अभी देख लीजिए कि ईराक में खुदाई हुई यहाँ पर जो है सात वर्ष पूर्व भगवान राम की प्रतिमा मिली अब आप सोच सकते हैं इराक में तो हमारी कोई घुसपैठ है नहीं या वहाँ हमारी कोई गवर्नमेंट भी नहीं है या यहाँ की गौर जो है इंडियन गवर्नमेंट वहाँ नहीं है लेकिन भगवान राम का अस्तित्व सात हज़ार वर्ष पूर्व का वहाँ पर खुदाई में मिला है आप सोच सकते हैं ये हम नहीं कह रहे इराक की गवर्नमेंट कह रही है हरि अनंत हरि कथा अनंता तो हरि की इस कथा को आप सभी सम्मानित दर्शक जमकर शेयर करिए और हमारे फेसबुक पेज पर यद देख रहे हैं तो शेयर करने में कंजूसी कर किस बात की दीजिए इजाज़त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था तब तक के लिए